बाबू आज खाने में क्या बनाऊ अरे चाची मैं आपके लिए और साफ के लिए गर्मा गर्म ढोसा गर्म बना रहा हूँ आप आराम करो सुनो मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ अभी मुझे आलोक के साथ वन विन करने जाना है सकुरा ऐसे मछली नहीं पकड़ते सीधा पानी में छलंग लगा के पकड़ते हैं अबे बोट इसमें शार्क है दम में तो तू जा अरे मुझे तैरना नहीं आता तेरी तरह अट्टू नही हूँ वरना तो चला जाता अच्छा तुझे तैरना नहीं आता अभी पता चल जायेगा अरे सुवर ने तो मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया मैंने एडिट करके इमेज तेरा नीम बना दिया अरे भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई मत बोल मेरे को तुमने तो मेरी पूरी इज्जत डुबा दी है तुअर तुझे लात मार के गिरा देता है ये लोग मुजरा करते हैं और हिप हॉप का बवासीर हो जाता है हाँ तो तू भी कर ले कलेक्शन वर्सेस हाँ इसीलिए तो आया हूँ ये देख मेरे पास सब कुछ है और हिप हॉप की स्पेशल बवासिर कार भी है अरे अडम चाचा मुझे कैसे भी करके जीता दो अरे हम जीत चुके हैं एक बार ऊपर तो देखो अरे यार इसके पास तो एलियन का यू है चलो अभी साफ कर